या तेरी आती है जान मेरी जाती है या तेरी आती है जा मेरी जाती है मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं सौ बार किया सौ बार किया यार, तेरी आती है तो बसला दे आखिर क्या मजबूरी है तेरे मेरे बीच में किस लिए ये दूरी है लेकर तेरा नाम सनम कर दूंगा बदनाम सनम तू जहां भी जाएगी पे वफा कहलाएगी आजा मेरी जिंदगी करना मुझसे बेरुखी मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए नहीं आती है तुझे भूला ही तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया सौ बार किया। तेरे सोनी सोनी लगती है ये जिंदगी ओ अपने साथ ले गई तू मेरी हर खुशी देख मेरी जाने मन मेरा ये वाना पन हद से गुजर जाएगा आशिक तेरा मर जाएगा आज मुझे मालूम हुआ झूठी है तू दिल रुआ मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है So